भी के मेरी पार लगती नहीं क्या करू हो कैसे नहीं आ पार गई धूट पतवार बोलो कैसे नहीं आ गई धूट प्रतिवा ओषार

अब आकर हाथ लगा जा हारे के आ आजा तेरा दास पुकारे हारे के तारे आजा हो तेरा दास पुकारे आ जा वो हम तो खड़े तेरे बात

पुकार पुकार हम तो खड़े तेरे द्वार पुकार, हारे के ये सोच के कुछ और आया था पर मुझे पता नहीं था कि रवि भी अब इस दरबार में मौजूद हैं ये हमारे लिए एक साक्षात एग्जांपल है

की सिर्फ और सिर्फ हवा के कारण चल रही है सभी मिलकर जो जो हार के पूरे हाथ उठा लो, पूरे हाथ उठा लो और तले भी क्या हारे के के हारे पुकार

आओ आओ आओ आओ आशा हमारे के थोड़ा सा थोड़ा बड़ तो अपना को खोलता था ताली बजाओ ना जोर साम त

चार दिन से चार सात से कीर्तन कर रहे हैं पूरा का धगावा होगा मोबाइल को नीचे रख दो भैया मोबाइल को नीचे रख दो लाइव कीर्तन करने लाइव करने में कोई फायदा नहीं है ताली बजाओ

woh sunta nahi na suna kisay mai bata bolo koi jan nahi mai suna kisay mai bata saware haare aadi bjao na wo koi sunta nahi

दिल्ली का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता दर्ज दिल्ली का भला...

होवे आप लोग बैठ जाओ आओ सब बैठ जाओ

हो गया। गोदान गल मुझे चाय मिल जाएगी आप अच्छा आ जाओ आ जाओ आओ तो ये

बात बाबा हो दर्ज दिल्ली का भला मैं दिखाओ किसे ये बता, दर्ज दिल का भला मैं दिखाओ किसे हो तेरे होते

कैसे होगी सरिका तेरे होते मेरी हाथ कैसे होगी सरिका आप सिर पर हाथ ओ हो हाथा तेरे हम तो दादू करोड़ पोगा करोड़ पोगा सारे के सहारे आज़ा

हारे के सहारे आजा और नजर आपकी गेट पर है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है पंद्रह मिनट ईमानदारी से पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा मुझे पता आप लोग ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे कौन कौन वादा कर रहा है कि पूरे कीर्तन में उठेगा नहीं उठाओ पूरे हाथ ताली बजाकर क्या बात है

ऐसी ताली बड़े बड़े उत्सव में नहीं बजती है ना।

बाहर निकल के मुझे शायद झलपट मार देना जब तक आपकी कहानी नहीं बचेगी मैं गाने पाऊंगा भरोसा तेरा अब सहारा तेरा अब सहारा तेरा साविर किसे किसे भरोसा करना वहां पर, पर। साविरे मेरी

को okay.

पे आके मोर हो गी कोषा आखर छी लहरा आजा हो तेरा दास

लगाऊंगा आपकी इच्छा है आप ताली बजाओ ना बजाओ हाथ उठाओ ना उठाओ भजन गाओ या ना की। क्योंकि शाम मैंने सुना है ऐसा अपने गुरु आदरणीय बड़े भाई संजय जी मित्तल से और उनके लिए जोरदार ताली बजाई मैंने उनसे सुना है

श्याम बाबा हर एक काम कर सकता है सिवाय एक काम के दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो बाबा नहीं कर सकता सिवाय एक काम के ये सिर्फ भजन नहीं गा सकता ये भजन नहीं गा सकता ये भजन सुन सकता है तो आइए सभी मिलकर अब ठाकुर को भजन सुनाते हैं आप भजन गाओगे आप सुनाओगे आपको मिलेगा आइए सभी मिलकर

दरणा दरणा। ये समझना गला बैठा हुआ बस दो भजन और तेरी गला खुल जाएगा सिर्फ दो भजन की बात है

लगता है सब आज मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कम से कम आज के दिन आज के दिन हजारों महाउत्सव हो रहे होंगे बाबा के कम से कम एक हजार उत्सव आज तेरह जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं हर घर में बाबा की जोर जगाई जा रही है क्योंकि उन्हें विश्वास है

अल लगा के डूब देखो वहां तो के कारो जिधर में

कौन परे कौन बुलाएगा उठाओ पूरे हाथ कौन कौन ताबा को बुलाएगा कौन कौन अपने घर में बुलाएगा उठाओ बोलना अरे अच्छा अच्छा शाबाश अच्छा अच्छा

ऐसा दरबार है जहां उसको अपनाया जाता है सारे घर सिक्के यहीं चलते हैं किसे किसे विश्वास में बाबा हमें भी अपनाएगा

और चौक बजाय

जब तक है, रेखाओं के सारे काम जाते हैं, तब का काम शुरुआत होता है किस बच्चे ने मेरी मेरे लिए ताली बजाई दी है अपना काम कर दिया अब जो बचा है मेरा काम है तो कौन कौन अपनी तस्वीर मेरे हाथ से दिखाएगा वो

सी <laughs> है

तालियों के कारण कोई माइक में नहीं आएगा कोई माइक में नहीं गएगा एक बार सभी ठाकुर की तरफ देखकर सभी मिलकर बोला पूरे हाथ उठाकर समाज वाली भावना से

आओ बेटा करो साथ येला है गादुंगा रे हमें गादुंगा कितवन पादुगा करो साथ ये

दरबार किसको किसको आनंद तो आया आप लोगों ने वादा किया था कोई बीच में उठ के जाएगा नहीं तो आप लोगों कसम लगती कोई बीच में नहीं जाएगा अब याद रखना जब आप ठाकुर से मांग रहे हो ठाकुर उठ के बीच में चला जाए तो आपको कैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ

अब थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ दूरी घट रही आगे आ जाओ हमारे राजू भैया कहते ना रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है रहोगे इसके घर के पास तो सोना ही बजे गया दरदा दर

कवि है जी लखी मैं थोड़ा ढोलक तबला खुल सकती आवाज खोल के नहीं आई दबे जा रहा ढोलक तबला का आवाज नहीं आइए

ज करते है तू क्यों घबराता है तेरा शाम, तेरा शाम से ला है बोलो तू क्यों घबराता है वो तेरा शाम से आता है तो जब मालिक

सिर पे क्यों जी को जलाता है तू तो क्यों है? तो तेरा शाम में से किसका किसका नाता है किसका किसका नाता है

तू आता है, बाला बाला बाला। है तेरा तेरा है, है, है, तू जबाल की है सिर्फ क्यों चीज चलाता है तू तुम खबरा

जिसका, जिसका, जिसका है मनीष भाई ये भजन आपके लिए है भाई। तू आज नहीं बचाए कर

के दरबार पर एक बार बाबा बाबा तू तू करके करके मेरी लाज लाज बचाएगा बचाएगा हर विदय कर

तेरी तो दुखी, ये तो सिर्फ क्यों को जलाता है क्यों तो चलाता है तो तेरा सास

और सिर्फ इसका तोरण द्वार एक ऐसा द्वार है जिसमें कोई ताला नहीं है कभी भी कोई भी जा सकता है वो

जब शाम कि पा होती रस्ता मिल जाता है जब शाम के पास होती वो रास्ता मिल जाता है वो जब मालकी है सिर्फ क्यों जी को जलाता है क्यों जलाता

मुश्किल हाँ दो चुटकी भैया हल कर तो तो दे हो कोई दाम चला छी से कर दे से फल कर दे

मेरे शाम की बी को तो कोई समझ न पाता है मेरे बाबा की बी को कोई समझ न पाता है जब मालिक है सिद्ध

शाम दयालु है वो बड़ा करवालू है अरे लाएगा लाएगा लाएगा संग लाएगा अरे सचाली डॉक्टर साहब बार बार में बाहर आके देख के जा रहे हैं सोच भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं

तो देख रहे हैं कि ये सौरभ ने क्या कर दिया सब भक्तों को एक ही लाइन पे लगा दिया क्योंकि जो शाम के के नाम की ताली बजाते हैं ना उनको कभी भी डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं <laughs> तो थोड़े गंभीर जरूर हो गए हैं पर वो समझ भी गए हैं कि ये आज भक्तों का भला होने वाला है तो बस ऐसे ही आप मस्ती में डूबे रहे क्योंकि मोजे कम उसको डरा नहीं सकती

कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती मिल गई जिसे श्याम प्यारे के चरणों की धूल दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती फल प्यार

अच्छा जिसको जाना वो उठ के जाए भजन के बीच में कोई ना जाए और कृपया बातचीत ना करे अगर किसी को आना दा रहा है तो जाने वाले को एहसास करा दे एक बार जोरदार जयकार और ताली तागी बहुत छोटा था मैं। कम से कम मेरे को खातू जाते हुए 20 साल हो गए

बार मेरे बाबा के लिए जोरदार थैली भेजा देते चबूतरा हुआ करता ना ऊपर अब तो उसको पूरा कवर्ड कर दिया गया है कॉर्ड कॉर्ड वहां पे पहले बैठकर कीर्तन भगवान नगाड़ा है बाबा श्याम का

जोड़ अब तो वालों का दर्शन एक अखंड मैंने बाबा का महाप्रसाद भी खाया है वहां छोटा। अपनी दादी के साथ जाया करता था मेरी दादी के लिए जोर था, जिसके कारण हमें भजन गाता था उनके साथ जाया करता था ना रेलिंग थी

ना वो धक्का देने वाले वॉलंटियर थे ना वो पीछे से वाले थे उस से एक ही था मेरा बाबा वही उस समुद्र में बैठ कर के मैंने की निाली है, तो है। उसमें गिने चुने लोग थे मुझे याद आज छोटा था गिने चुने लोग जा करते थे और आज

पेपर में है एक जनवरी को दस लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया करोड़ों लोगों ने दर्शन किया एक छोटी सी हवेली कुछ तो है उस हवेली के अंदर एक ऐसा देव है जिसके ना हाथ है ना पैर है फिर भी कोई इसका बच्चा अगर रोकता है तो सबसे पहले दौड़ के यही जाता है और हाथ जाता है

अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में क्या रखा है झूठी दुनियादारी में बोलो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में ओ क्या रखा है झूठी दुनियादारी में तो है कुछ तो है सावरे कुछ तो है सावरे तेरी

तो किसको इसकी सरकार में रहना है उठा देना अरे कुछ तो है सरकारी दुनिया ताली सर ताली है झूठी दुनिया ताली कुछ तो है सावरे कुछ तो है सावरेली कुछ तो है

सं

करोगे तो काम आएगा अभी आपका कवर आपका कवर अच्छा ना इसलिए यहां बैठे हो। अगर कवर बिगड़ जाएगा ना तो अरे <gement accent>

के रिश्तेदारी में हरी कुछ तो है, है। इसे किसे आनंद आता होटू वाले शाम तेरी तेरी शरण शरण में में आ गया। में आ गया, गया, वाले ओ शाह प्रभु रूप थारो ओ शाम प्रभु रूप थारो

से लावे मत बाबा हारवानी सिर दर्द से लावे मत बाबा हारवानी सिर दर्द अरे आखरी चूरा कर बाबा काज गटे मेरे से

रिश्तेदारी में अरे कुछ तो है सरकार में। है झूठी दुनियादारी में बड़ी सच्चे दरबार की के? दरा स्वरभ भाई लगे आप ये ये प्रार्थना

है उपाय कहो आप

नरे कौन कौन पापा को बुलाएगा और कौन कौन अपने घर कीर्तन कराना चाहता है जोरदार छे

अच्छा को देख के हंस रहा है इसकी लाठी में देर है पर परेर नहीं है जब इसकी लाठी चलती है ना साहब, जब देती है ना तो छप्पर फाड़ के देती है जब लेती है तो इस चमड़ी को भी लेती है। उठे अच्छा चाहे जितने करने जीती दुनिया वाले

आज रुना जी भर बुझ को तड़ फाले तन साले आज रुना तंसाले जिसने मुझको को जितना रुलाया जिसने मुझको जितना सताया उतना मिल जाएगा

会来吗

हर लीले पे चढ़िया

भी निन्यानवे का चक्कर है निन्यानवे तक ही सहन करता है और अपने प्रेमी के लिए सौ तक यहां तक ही सहन है। जो पानी यहां चला जाता है ना इसको भी अपना सिंहासन छोड़ने आना पड़ता है पर भरोसा होना चाहिए अंत तक भरोसा होना चाहिए अंत तक

अंत तक भरोसा मचे मुझको भरोसा तुझे अटल है तेरे भले हो जाए बोलो मुझको भरोसा पे अटल तेरे भले हो जाए पर जब पानी सो सर ऊपर

श्याम बिना दुख पाए पर जब पारी हो सर ऊपर श्याम बिना दुख पाए होंगे दुख गम दूर सभी यार होंगे दुख यार दूर सभी यार संकट घबराए

Come on, come on, come on!

आइए एक और महामंत्र का दास मेरी तरफ से सभी को हाँ, इस भजन में कईयों के काम हुए आइए किसको किसको आनंद अरेमान इसे से बताने एक बार जोरदार जयकार लगाते दें बनी खाटू नरेश की

कर रहे हैं जैसा बरस रहा है कि मौस सबको नसीब नहीं होती ज़िंदगी हरे की खुश नसीब नहीं होती मिल गई जिसे श्याम प्यारे के चरणों की धूल जिंदगी उसकी कभी बद नसीब नहीं होती इसी बात को भैया

बरियाने भूला कहिया सरसी रे सांवरा होला ता बरियाने भूला कहिया सरसी रे किसे के भरोसा है कि बाबा के बिना हमारा गुजारा नहीं चेयर पे जितने लोग बैठे एक बार पूरे हाथ घालो पूरे हाथ घालो जो खड़े पूरे हाथ घालो 1 2 3

रसिया, रसिया, तो बादे बादे। तो मैं मैं सुनो सुनो सुनो सुनो देख रहे, देख रहे। किसको किसको आना चाह रहा तेरे हाथ अरे सबको आना है प्रभो

संगीता जी परेशान हो रही है डॉक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे बीच में वो बहुत परेशान है वो मैं देख रहा हूं ना बहुत देर से अच्छा, अच्छा। तो डॉक्टर साहब के लिए क्या घो घटीओ आड क्यों अरे अरे था देख तो पाई डॉक्टर साहब घोघीओ आधे आ

Aaj ho rahi hai, khaane ke ek doni baar. Aakash, hua badiyo aaj hai aaj ho.

the hey.

पासे अभी इसने एक भजन भजन रिलीज किया तो दीदी ने सही कि भजन जरूर सुने। ने ने ने ने पर ये भाव का भजन फिर आप तो हो गया हम खुद तो नाचने का मौका नहीं है और आपकी मम्मी तो बहुत देर से तैयार करी नाचने लिया वो कहते ना किसी किसी के हिस्से में मकान आया

किसी के हिस्से में दुकान आई कोई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में आगे। आगे। आगे। आगे। इनका मन हो रहा है तो बोलो कैसा गाय नाचने वाला गाय की ओली तो क्या स्लो बगान है फिर आप कहने चलो दुने दुने दुने दुने। चलो ये बोल अरे थोड़ी हाँ हाँ चलो ऐसा सुनो गोयनका जी गोयनका जी

वो फालतू में क्योंकि आपका हाथ वैसे भी भारी है। वो एक बच्चे के आपकी टांग गिर गई थी उसको भी लेके गए हम लोग बाहर आपको मालूम भी नहीं पड़ा। <laughs> वो मेरा हाथ पकड़ ले रे खाना मन मेरा घबरा हाथ पकड़ ले रहे वो काले काले बादल घब के बाद

आले आले बादल कब के बादल दिल्ली में मां खप लाए रे मेरा हाथ पकड़ ले ओकारा मन मेरा जतन है मेरा हाथ पकड़ के रे बाबा जतन दे रखवा ओ असलम शेख ने बा चावा

हमारा चाहे दरबार तुम्हारा जब जब पड़ी भक्त

घर दो पे

juba <laughs>

कृपा रहे पकड़े हैं भैया तक मुझे कर दो है दोनों मेरे नरता श्याम चीजी कृपा से जी शाम जीतनी कृपा से श्याम जी की कृपा से

बोलते तो बिना शाम रसोई के बिना प्रसादी के कोई भी नहीं जाएगा और आइए बाबा को भोग लगाते हैं और दे, दे, क्या खिलाया जाए तुझे क्या तो पिलाया जाए बोल बाबा बोल तुझे क्या भोग लगाया जाए क्या खिलाया जाए जा,

क्या पिलाया जाए? जा बा बोल तुझे क्या भोग लगाया जाए और बोल मेरे श्याम तुझे क्या भोग लगाया जाए साथ

खुश हो जाए मैं वही बनवा दूं हलवा पूड़ी कहो तो अभी बनवा दूं आप खुश हो जाए मैं वही मंगवा दूं हलवा पूड़ी कहो तो अभी बनवा दूं खीर चुरमे कैसा बोलो है मेरे शाम खीर चुरमे कैसा बोलो है मेरे शाम और क्या लाऊं

बदल गया इसलिए केसरी परिवार ने विशेष रूप से नहीं मंगाया जाए रायता बनवाया जाए पूरा हाथ उठा के जाना बोल तो पापा बोल तुझे क्या बोल लगाया जाए हर बोल पापा क्या

ले लो, तर आम खाओ बापा ले लो तर अंगूरी चारे संगे आलू बुखार काले अंगूरी चौरे संगे आलू बुखार पी हो रूआ ठंड की व्यवस्था तो ठंडा बोले तो

मुझे कुछ न समझ में क्या तेरे मन मेरे बाबा तो भाव के भूखे करमा भाई ने खींचा चलाया थाली भर कर लाई ऊपर की मारा शाम थाली भर कर बेटी जा